get top kill the beat yeah score बस्ती का का वस्ती का हस्ती ए मालूम कैसे आता पिचाम बेबी ए तुम लोगों अच्छी गा रहे हो आने दो पेटी एक कबाल मेरे सामने बन रहा ब्राजील है वस्ती का हस्ती तो अगले वाले को भी गलती लो मैंने भंबे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गईली देख गलती ब्रो वस्ती का हस्ती ब्रो अभी में हो गई लगरी बे पा भी बिजन करता मैं वस्ती को भड़वे कर रहे नकली शो मेरा असली सिंगर तू रपर नहीं डांसर है इतनी तू कर रहा रवर सबर से में में जाने का में का दूसरों के देखो मारने मन भी नहीं कर इसलिए लेके नहीं जाता रोकी क्योंकि जाएंगे बाजू वाले मेरे गाने जाते से से मेरे मेरे का का हस्ती हस्ती मेरी मेरी गरीबी आई की की की में में बोलने देना ने है किधर बच्ची सिखा दे दो बेटी बन रहा अगले भाई को भी गलती लो मैंने बॉम्बे में बचा एक बच्ची को इधर फायर हो गई गल्टी भरो